तो आइए देखते हैं कि इसका जवाब क्या है उत्तर है आपको फोटो में एक सोता हुआ व्यक्ति दिखाई दे रहा है और साथ में नल दिखाई दे रहा है इस प्रकार लड़की का नाम हो जाएगा सो प्लस नल बराबर सो नल।